एक लड़का बहुत चतुर था उसने बहुत सी कलाए सीखी उसे तीर चलाना आ गया, गया। वह वह नाव खेने लगा, और बढ़िया बढ़िया से बड़िया मकान बनाना सीख गया। उसके बाद घर लौटा। बड़े घमंड से वह लोगों से कहता इस दुनिया में मेरे मुकाबले का कोई नहीं है मैं सबको जानता हूँ गौतम बुद्ध ने यह देखा तो सोचा इसे शिक्षा देनी चाहिए उन्होंने एक बुढ़े का रूप बनाया और हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उसके पास गए लड़के ने पूछा तुम कौन हो बुद्ध ने कहा मैं अपने मन को वश में रखने वाला एक आदमी हूँ उनकी बात लड़के को समझ में नहीं आई उसने कहा आपका मतलब बुद्ध बोले कोई आदमी तीर चलाना जानता है कोई नाव खेना जानता है कोई घर बनाना जानता है लेकिन ज्ञानी आदमी अपने ऊपर शासन करना जानता है लड़का बुद्ध के इतने कहने पर भी कुछ ना समझ सका उसने फिर पूछा अपने ऊपर शासन करने का क्या होता है बुद्ध ने कहा अगर कोई उसकी प्रशंसा करे तो वह खुशी से नहीं भूलता, निंदा करे तो दुखी नहीं होता इस तरह उसका मन उसके वश में रहता है ऐसा आदमी किसी चीज या हुनर का अभिमान नहीं करता बुद्ध की बात का उस लड़के पर ऐसा असर हुआ कि उस दिन से उसने डिंग बंद कर दिया